कर्म कभी न कर्म किया किया कुसंग कुकर्म किया कर्म कभी न सत्कर्म किया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 कभी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 गिनती अग देरी दे आद